What is the cold market, warm market and hot market? क्या आपको पता है तीन मार्केट कौन सी होती है आई होप अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होंगे या कोई भी आप बिजनेस में होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे बिजनेस में हमारे मार्केट में तीन तरीके के लोग होते हैं जो कि हमारे साथ हमारे सर्विस को यूज करते हैं या हमारे साथ एसोसिएट होके वा के स्टार्ट करते हैं तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो आपको प्रोपरली पता होगा की ये हुआ मार्केट हॉट मार्केट कोल्ड मार्केट होता क्या लेकिन अगर आपको नहीं पता काफी लोग को नहीं पता होगा की डिटेल में एक्चुअली होता क्या है जैसे जो लोग नवा नवा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता वो सीधा अपने कोल्ड मार्केट में चले जाते हैं उनको पता नहीं होता किस तरीके से मैं यहाँ पे वर्क करना हो तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, आपको सारा कुछ डिटेल में पता लगने वाला है कि वो मार्केट कोल्ड मार्केट और होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है तो इस वीडियो में पढ़ने से पहले अगर तो इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और जो साइड में एक बटन है नोटिफिकेशन का आप उसको भी ऑन कर देना क्योंकि जब भी मैं आप ऐसी कोई वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते है आगे बढ़ा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे तीन मार्केट होती हैं कोल्ड मार्केट वार्म मार्केट और हॉट मार्केट तो अब बात करता हूँ मैं ये काम किस तरीके से करती हैं। ठीक है ठीके? तो सबसे पहले एक होता है कोल्ड मार्केट ठीक है मतलब कोल्ड मार्केट ये कि जिससे कि जो लोग आपको नहीं जानते नंबर वन हमारे है कोल्ड मार्केट जो लोग आपको नहीं जानते जैसे कि हम जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं या कहीं जैसे कि जो मतलब कि जैसे कि आप सोशल मीडिया चला रहे हो ठीक है अभी आप फ़ोन पे इंस्टाग्राम में आपने ओपन किया हुआ है तो आपको वहाँ पे जो भी आदमी मिल रहा है वो आपको नहीं जानता ना ही आप उसको जानते हो तो ये हो गया कोल्ड मार्केट इसी तरीके सेम टू सेम हम मानते हैं जैसे कि आप कहीं घूमने गए आपको कोई मिल गया वहाँ पे आपसे उसने पूछा भाई हाँ ऐसे कुछ किया या आपसे पूछा भाई इधर जाने का रास्ता क्या है या मार्केट कहाँ पे है ना ये मॉल कहाँ पे है तो वो जो आपसे बंदा बात कर रहा है ना तो वो आपको वो जान है ना आप उसको जान रहे हो ठीक है तो ये होगा कोल्ड मार्केट जहाँ पे हम दूसरे एक दूसरे को नहीं जानते नंबर टू यहाँ पे आता है वार्म मार्केट अब वार्म मार्केट क्या है, जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे ये लोग होते हैं जो लोग आपको जानते हैं पर आपके रिलेशन में मतलब कि आपसे हमेशा नहीं मिलते जुलते जैसे कि कॉलेज के फ्रेंड हो गए जैसे कि मतलब स्कूल के फ्रेंड हो गए कॉलेज के फ्रेंड हो गया है ना अभी आपने आपकी स्टडी खत्म हो चुकी है लेकिन वो जो दोस्त थे आपके दो साल तीन साल पहले के थे लेकिन वो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हो ठीक है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाम मार्केट है ये आपको वो जानते हैं और आप उनको जानते हो तो यहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हो उस हो गए वाम मार्केट तीसरा आता है होट मार्केट मतलब होट मार्केट जिससे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि मतलब कि जो लोग आपसे हमेशा मिलते जुलते हैं आपके पास हमेशा रहते हैं जैसे कि आपके कोई फेमिली मेम्बर हो गए है ना आपके रिलेटिव्स हो गए जो कि आपसे मिलते रहते हैं आपके दोस्त हो गए जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं या आगे अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं तो हो गए हॉट मार्केट के लोग अब ये काम किस तरीके से करते हैं तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो या एफ्लेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो तो आपको आपके अपलाइन की तरफ से ऐसा कहा गया होगा सबसे पहले आपको हॉट मार्केट में काम करना है ठीक है तो अभी मैं आपको बता दूँ होट मार्केट में काम करना क्यों होता है और क्यों ज़रूरी होता है ये एक चीज़ तो जैसे कि हम मार्केटिंग फील्ड में पहली बार आते हैं है ना तो हमें अब बंदे से जैसे कि हमें कुछ सेल करना होता है मार्केटिंग बिजनेस में सेम पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें कोई ना कोई सर्विस होती है या कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको सेल करना पड़ता है लेकिन हमें पता नहीं होता भाई सामने वाला मतलब कि किस तरीके से पिचिंग करनी है जैसे सामने वाला हमसे प्रोडक्ट बाय कर ले है ना हमारी चीज़ें सुन ले हमारी अगर सर्विस बेच रहे तो वो सर्विस किस तरीके समझाएं तो वो मान जाए तो अगर हम पहले पहले नवे नवे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि सामने से क्या ऑब्जेक्शन आएंगे ये नहीं पता होता कि हमें कैसी वर्डिंग बोलनी है तो सबसे पहले इसलिए आपके सीनियर ऐसे कहता होंगे सबसे पहले आप होट मार्केट में काम करो जैसे कि अपने दोस्तों के बीच में काम करो अपने होट और वाम मार्केट में काम करो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी आपको कुछ बताया जाएंगे क्वेश्चन कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आपको पुट करना है इस तरीके से पिचिंग करनी है अगर आप इस तरीके से करते हो अगर आप करते हो तो ठीक अगर आप करते हो गलती भी होती है तब भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो आपको जानते हैं वो आपको जानते हैं इतना आपके ऊपर वो नहीं करेंगे लेकिन अगर आप यही चीज़ कोल्ड मार्केट में जाकर करते हो तो बंदा आपको फ्रॉड समझ लेगा इसलिए कहा कि ये इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने वॉम मार्केट और हॉट मार्केट में काम करो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्शन मिलते हैं कि भाई पैसे तो नहीं लगने लगेंगे यहाँ पे ठीक है मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कंपनी भाग गई तो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्या ऐसा अगर आपको सारा कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको ठीक है तो आपके यहाँ प्रैक्टिस आती है देखो सबसे मेन चीज तो ये यहाँ पे ये है हॉट मार्केट वॉम मार्केट में होते हैं वो नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो काम आपके साथ नहीं करेंगे ये प्रूव्ड चीज़ है आज तक आपने जितने भी लोगों को देखा होगा जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी अगर उनकी बात आप सुनोगे तो वो कहेंगे कि जो हमारे रिलेटिव थे वो हमारे साथ नहीं है उनके कॉलेज का एक इक्का या दुखा दोस्त होगा ऐसा जो कि उनके साथ में काम कर रहा होगा तो बाकी यहाँ से देखो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो लोग आपको भी जानते हैं कि भाई आप कुछ टाइम पहले उनके साथ घूम रहे थे मस्तियाँ मार रहे थे है ना टाइम पास कर रहे थे तो अचानक से आप उनको बिजनेस समझाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा उनको लगेगा भाई मजाक कर रहा है कोई ऐसे वैसे काम में फंस गया हो तो आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन यहाँ से क्या होती है कि आपको प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाती है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके निकलते हो तो अगर आप मार्केट में जाते हो मार्केट में आप किसी को पिचिंग करते हो तो वहाँ पर आपको तरीके पता होते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन पुट करना है या सामने वाले के कोई ऑब्जेक्शन होते हैं तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आप हॉट मार्केट में काम करते हो वॉर्म मार्केट में काम करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मार्केटिंग करनी चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कोल्ड मार्केट मार्केट और हॉट मार्केट होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कॉमेंट कर सकते हो शायद आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको बढ़िया लगा वीडियो तो आप प्लीज को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और जो पास में बेलाइकन है उसको भी आप हिट कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलते रहे बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना बताना किस तरीके से वीडियो लगा आ और मैंने ऐसा क्या पॉइंट छोड़ा ठीक है आप ये भी बताना कि मेरे को इसमें और क्या चीज़ ऐड डाउन करनी तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय